जी तो लगा था यहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ पड़ी हुई होंगी ये जगह कितनी सुंदर है ना बहुत पुरानी बात है तब मुरैयामा नेवी इस जगह पर राज क्या करती थी ये नेवी क्या होती है? मुझे क्या पता वो उस समय के समुद्री डाकू थे समुद्री डाकू ऐसा नहीं है वो तो बस जहाज चलाते थे वो देखो वहाँ नोबिता हयाकुरू का नाम लिखा हुआ है ये मुरैयामा नेवी के सरदार का नाम था तो यही वो आइलैंड है अरे वाह अब लग रहा है कि सच में कोई खजाने वाली बात है सही कहा मेरे हिसाब से हमें दो ग्रुप्स में बट जाना चाहिए जो पहले ढूंढेगा खजाना उसका हो जाएगा हाँ। अच्छा आइडिया है जो जीतेगा सब कुछ उसी का तुम कहना क्या चाहते हो एक कंपटीशन। अरे इसमें तो बहुत मजा आएगा लोग फिर देखते है कौन अच्छा ड्रॉ करता है लगता है मैं फिर ऐसी फस जाऊंगा ठीक है इनमें से तीन लंबे हैं और तीन छोटे जिसको जो भी मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आ, आ, आ, आ, आ, कर, कर, कर, मुझे ये वाला चाहिए नहीं वो वाला नहीं, ये वाला मुझे कौन सा चाहिए आ, मैं कौन सा वाला आ, मैं, करो, और मैं क्या लूट <laughs> क्या? अरे नहीं डोरेमोन उनकी तरफ गया ये तो गलत हो गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जियान क्योंकि क्यूँकी उन्हीं की टीम में है ठीक हाँ। <laughs> हाँ। <नहीं कहा। laughs> <laughs> है मैंने थ्री डायमेंशनल पेपर पर इसकी कॉपी बना ली है ताकि दोनों टीम एक साथ चल सके ठीक है चलो शुरू करते <laughs> है <laughs> तो देखते हैं द्वीप की पूर्व दिशा को भी छोड़ देते हैं बाकी दिशाओं में ढूंढ लेते हैं लंबी नाक वाली आत्मा आप कहाँ पर है <laughs> चलो चलकर उनसे पूछते हैं सुनी आ? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ अरे बच्चों कैसे हो लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो जी हम यहाँ पहली बार आए हैं और जानना चाहते है की क्या कोई लम्बी नाक वाली आत्मा पी क्योंकि क्या कहा लंबी नाक वाली आत्मा हाँ। हाँ, हम का खजाना रहे हैं है। नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं मैं जानता नहीं नहीं नहीं नहीं मैं मैं जानता बच्चों क्या तुम जानते भी हो कि इस जगह का नाम स्कल आईलैंड कैसे पड़ा यहाँ हारे हुए सैनिकों की खोपड़िया दबी हुई हैं इसलिए <laughs> यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है शिजुका की बात सुनते ही उस बूढ़े आदमी का चेहरा मानो सफेद हो गया था जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी क्या तुम्हें पूरा यकीन है इसी तरफ चलना है शायद ज्वारा वो समय होता है जब लहरों की तेजी और उनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है इसी वजह से शायद खजाने का रास्ता बस उसी दिन दिखता है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तुम्हारे पास हर चीज की अच्छी जानकारी होती है हा, हा, हा, हा? हा, सारे निशान तो एक ही तरफ को है लेकिन हम अंदर किस तरफ ऐसी जाएंगे देखते हैं उस तरफ लेकिन क्यूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि लंबी नाक वाला भूत ये पत्थर ही है। हुँ? मुझे लगता है तुम्हारी बात में सच्चाई है भूत के दाईं तरफ जाना है मतलब इस तरफ चलो इस तरफ चलते हैं तुम लाजवाब हो।, हो।, हो। चलो चलते हैं। <laughs> <laughs> हम जीत गए ये द्वीप का पश्चिमी हिस्सा है पता नहीं ये लंबी नाक वाली आत्मा कहाँ मिलेगी रास्ता भी है। लंबी नाक वाली आत्मा के दाई तरफ मतलब ये रहा रास्ता। ये। आगा। आगा। आगा। ये। हाँ, हाँ।, हमारे हाँ अरे ये क्या है ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है रंग को सही से पहचानना कोई गलती मत करना दोस्तों हाँ? हाँ? हाँ? हाँ? पहला कदम रखता हूं अरे अहाँ? याद है ना सुनियो काला रंग गलत होता है तो फिर इस बार सफेद को चुनते हैं अरे मैं समझ गया यहाँ रंग की नहीं बल्कि पुराने जमाने की बातों